एटम बम की इजाद इंसानियत के लिए एक तारीख सास मोड़ था जब दो जापानी शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर अगस्त 1945 ईसवी में दो एटम बम गिराने के बाद अमेरिका ने दूसरी आलमी जंग का खात्मा कर दिया और अमन और खुशहाली के लिए आलमगीर कोशिशें शुरू हो गईं। जारी के मोजिस्तों में हूँ जहाँ मुख्तार और आप देखने तो सुनने वालों को असल नाजीन कराम कुछ लोगों को तो यकीन है कि एटम बम की ईजाद के लिए इंसानियत को बहुत भारी कीमत अदा करना पड़ती है अब हम ये जानते हैं की एटम बम नसल इंसानी को नस्तो नाबूद कर सकता है और इस एहसास ने मुल्क और बैन अलावा पॉलिसियों और इंसानी नफ्सियात पर अमीक असरा मरतब किए और ये असरा कौन से हैं ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा तो आइये चलते हैं वीडियो के असल हिस्से की जानेब नाजरीन मुतदा में अमेरिका यूरोप में शुरू होने वाली जंग से लाता रहने का खावाशम नजर आता था जर्मनी मुख्य को हड़प करता जा रहा था लेकिन तब जापानियों ने 7 दिसंबर 1941 इकतालीसवी को पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया और ज्यादातर जुनूब मश्रक एशिया जापान के तसल्लत में आ गया जैसा की जापानी जर्नेल ने कहा की मुझे खौफ है की हमने सोए हुए शेर को जगा दिया है अमेरिका ने आहिस्ता आहिस्ता बहरुल काहिल में जापानी मकबूजा इलाका वापस ले लिया और जापान को रोका लेकिन अमेरिका को यकीन था कि हकीकी और बढ़ता हुआ खतरा जर्मनी है लिहाजा जंग मुलविस ममालिक के पास अपने तमाम वसायलों और सलाहियत बुरेकार लाने के सिवा कोई चारा न था सदर फ्रैंकलिन डी ड्रोस की कयादत में अमेरिका और बरतानिया ने एटम बम बनाने की नहायत खुफिया कोशिश शुरू की न्यू मेक्सिको में लॉस आलमोस जैसे अलग थलग मकामल लेस्की आर्ट्रोस की सरकर्दगी में शुरू होने वाले प्रोग्राम के मुतालिक चंद एक साइंस साों और सियासतदानों को ही इल था सदर हैरी ट्रामिन को भी मंसूबे के मुतालिक बताते वक्त इसे इशारा तन प्रोजेक्ट कहा गया दोस्तों मैन प्रोग्राम कामयाब होने का किसी भी तरह यकीन नहीं था मुतद इंतजामी और तकनीकी मुश्किलात पेश आईं और माहिरों को इल था कि बम की तखलीक का दार एक गैर मुसदा थीरी पर ही है लिहाजा बम की तैयारी में अहम तरीन अंसर प्लाटोनियम की तैयारी था जो फित्री हालत में नहीं मिलती लेकिन वो यूरेनियम की तरह का एक सिलसिला पैदा करने के काबिल है। एटम बम को कारामत बनाने वाला रिएक्शन फिशन फिशन कहलाता है टेल्स बोहर नामी तबियात दान ने इस रिएक्शन पर तहकी की थी अब दोस्तों आपको बताते हैं कि एटम बम के अंदर ऐसा क्या फार्मूला होता है जो इंसान के लिए निहायत महलिक है लिहाजा इसको गौर से सुनिएगा दोस्तों फिशन का अमल उस वक्त होता है जब न्यूक्लियस यानी ऐटम का मरकज दो बराबर हिस्सों में शिक हो जाए यानी फट जाए एक मरतबा जब न्यूट्रॉन यूरेनियम के एटम को तोड़ दे तो उसके टुकड़े दीगर न्यूट्रॉन्स को तोड़ते हैं और इनके टुकड़े मजीद एटमो को यह सिलसिला इसी तरह बढ़ता जाता है ये सिलसिलावार रिएक्शन एक सेकेंड के लाखवें हिस्से में हो जाता है और इसके दौरान खारिज होने वाली तो कई करोड़ वॉल्ट तो जितनी होती है फिशन के अमल में हरारत और तापकारी की बहुत बड़ी मिकदारें पैदा होती है और खारिज होने वाली तापकारी गेमा तापकारी कहलाती है इंसानों के लिए सबसे ज्यादा महलिक है दोस्तों वीडियो के आखिर में दिलचस्प बात आपको बताएं कि पहला एटम बम न्यू मैक्सिको के सहरा में चलाया गया इसका नाम ट्रिनिटी था बम को एक बहुत बड़े लोहे के बर्तन जंबो में रखा गया जो छह मीटर लंबा और दो टन मजनी था नागासाकी पर गिराए जाने वाले बम का नाम फैट मैन था लेकिन वो मुकाबला काफी छोटा था ये प्लूटोनियम के एक खोखले पर मुश्तमल था दोस्तों बरसों बाद इस बमबारी में हिस्सा लेने वाले मुताद अमरीकी फौजी अपने किए पर पछतावे का इजहार कर रहे थे लेकिन ऐसे फौजी भी मौजूद थे जिनका कहना था कि यह कार्रवाई बिल्कुल दुरुस्त और जरूरी थी क्योंकि जापानियों ने और कोई राह नहीं छोड़ी थी दोस्तों अपनी हिफाजत के लिए इंसान ने एटम तो बना लिए लेकिन उसने ये ना सोचा था की हिफाजत करने वाली ताकत एक दिन उसी इंसान की तबाही का बायस बनेगी उम्मीद है की आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा अगली वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज